अमित भाई दसवीं की एग्जाम आने वाला है हाँ सुमित भाई इस बार तो बोर्ड की तैयारी करनी ही पड़ेगी ता अमित भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई लिखाई अभी मैं तो भाई सुबह उठकर कर रोज पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता कहते हैं सुबह उठकर पढ़ने से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित होता है और अपना पता क्यूँ नहीं पढ़ रहा है तुम आज सुमित तेरे तो बहुत शिकायत आते है माता पिता ऐसी अमित पढ़ता पढ़ता है है और सुमित सुमित नहीं है। सुमित का क्या होगा इस बार रिजल्ट तो की हाँ, है। है। भाई? हाँ भाई बोलो क्या हुआ कुछ दिक्कत है क्या बोलो भाई मेरे वीडियो को काफी लोगो में शेयर कर देना ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास और आपके दोस्तों के पास आता रहे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना हाँ भाई सब्सक्राइब कर दूंगा और सभी लोगों को भी कह दूंगा क्योंकि आपका वीडियो मुझे बहुत पसंद आया